हेलो दोस्तों वेलकम टू बाइन टू प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे मैं रोहित आपसे स्वागत करता हूं आज का जो सेशन है वो फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके उसका जो सेकंड पार्ट है यानी टॉप टेन का जो फर्स्ट फेज था वो मैंने लॉन्च किया था जो भी इम्पॉर्टेंट थे जो मुझे लगा कि ये, बहुत बार आ पूछे गए हैं उसी क्रम में टॉप टेन का दूसरा पार्ट वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आइए हम लोग वन बाई वन देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत बार रिपीट किए गए हैं या फिर लगता है कि वो आ सकते हैं ठीक है और ये भी साथ में इंश्योर करते जाएंगे इससे क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस होता रहेगा बीच बीच में तो बिना इस देर के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन में आएगा इनमें से लिखा है इसमें से कौन सा एक मेमोरी का प्रकार नहीं है ठीक है तो विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी तो सबसे पहला रोम रोम सबसे जानते हैं मेमोरी का टाइप है ठीक है मेमोरी दो प्रकार की होती है प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी में रैम एंड रोम सेकेंड्री में तुम्हारा हार्ड डि पेन ड्राइव सी डी वीडियो को मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक, तो नोट कर लेना हाँ तो रोम रोम का फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी तो ये मेमोरी का टाइप है रोम रोम रोम तीन प्रकार के होते हैं पी रोमेबल रीड ऑनली मेमोरी ईपी रोमल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी और डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकल एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी जो कि नोट्स में सब सही से लिखा गया और जो लेक्चर हमारे उसको बताया भी गया है और एक होता है, भी होता है, मास्क रोम इसको बोलते है। इसमें जो क्वेश्चन होता है बहुत कर लेना और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस मेमोरी या किस रोम में चार ऑप्शन दे देगा तीन या तीन या चार ऑप्शन किस रोम में अल्ट्रा वायल्ट लाइट के थ्रू डेटा इरेज किया जाता है तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ईपी रोम इलेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी में क्या होता है अल्ट्रा वायल्ट लाइट के माध्यम से डेटा इरेज करते हैं कब तक अपू 40 मिनट 40 मिनट तक चाहे इतनी डेटा लोड और इरेज किया जा सकता है ठीक तो ये हो गया दूसरा कैसे ये भी मेमोरी सब जानते हैं कैसे भी क्या है स्पेशल टाइम मेमोरी है ठीक कैसे क्या है स्पेशल टाइम मेमोरी बहुत ही फास्ट होती है प्राइमरी सेकेंडरी से फास्ट होती है ठीक है जो कैसे मेमोरी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी से फास्ट होती है कई कई पूछ लेता है इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी उसमें कैसे होगा ठीक अगर कैसे होगा कैसे लेकिन कैसे से भी एक फास्ट मेमोरी होती है वो उसका नाम है रजिस्टर ठीक है ये में हमारे है और ये बताया है रजिस्टर इज अ फास्टेस्ट मेमोरी ठीक अगर इसको उससे उससे उसके बाद बताना चाहे तो नंबर वन पे आता है रजिस्टर ठीक है नंबर टू पे आता है कैसे नंबर थ्री पे आता है प्राइमरी मतलब रैम रोम एं, रैम एंड रोम नंबर फोर पे सेकेंडरी ठीक तो इस तरह होता है सॉरी इस तरह ये फास्ट ये स्लो ठीक तो इसमें आप देख रहे हो रजिस्टर इज द फास्टेस्ट रजिस्टर सबसे छोटी तो में मोरी होती है और सबसे फास्ट होती है ये आपके अवेलेबल में आया भी है रजिस्टर में रजिस्टर मेमोरी क्यों फास्ट होती है तो बता सकते रजिस्टर साफ छोटी मेमोरी होती है और इसमें जो डेटा आता है वो वन बिट का आता है यानी इसका जो इसमें जो डेटा रख सकते हैं उस, उसकी मैक्सिमम स्पेस कितनी है तो वन बिट एक रजिस्टर में कोई एक बिट का डेटा आता है इसीलिए बहुत फास्ट क्योंकि जैसे एक, एक बिट बहुत छोटा होता है जीरो या वन को एक बिट बोलते हैं तो ये जैसे ही इसमें आता है तुरंत ट्रांसफर कर देता है यानी बहुत ही फास्ट होता है किसी भी डेटा को स्टोर कर रखता नहीं जैसे ही आएगा आगे बढ़ाएगा ठीक तो जो फास्ट रजिस्टर तो और कैसे प्राइमरी प्राइमरी होगा अगर प्राइमरी सेकेंडरी कैसे रजिस्टर छोटी हो सबसे सब फास्ट होती है तो कैसे भी एक मेमोरी हो गया ठीक डबल ई पी हम बताई दिया ज्वाइस्टिक ज्वाइस्टिक क्या है वो भी कैसा डिवाइस है कमेंट करना ज्वाइस्टिक इनपुट डिवाइस डॉइस क्या है कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस जिसको गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है ठीक देख लो इसमें कितना सारा क्वेश्चन बन गया तो आई थिंक अगर आप इसको नोट करते लेंगे जो जो मैं बोल रहा हूँ तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ठीक है और प्लीज़ इसको अधिक से शेयर करिए सब्सक्राइब करिए ताकि और वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिल सके या हम और वीडियो बनाएँ ठीक है बहुत जल्दी लाइव आने कोशिश करेंगे पोस्ट पोस्ट करेंगे उसमें तो आप लोग कमेंट जरूर बत, जरूर जरूर बताइएगा कि इस समय लाइव आना सही रहेगा ठीक तो अगला हम लोग देखते हैं चलो <coughs> मानक कौन कौन सा जो वर्ण को कौन सा एक एक वर्ण है जो जो प्रत्येक प्रत्येक वर्ड वर्ड को को विशेष विशेष संख्या है, है यानी एक या मास्किंग करता है नंबर वही होता है मास्क करता है हिंदी इंग्लिश उर्दू अरबी जो आप लोग टाइप करते हो यो यूनिक के माध्यम से ही कर सकते हो यूनिक कैरेक्टर सेट होता है ठीक तो हो तो तो है और यानी जो हमारा वर्ल्ड इनको संख्या प्रदान करता है तो आंसर ए या बोलते हैं एस्काई एक कोडिंग प्रोवाइड करता है जो हर कैरेक्टर को एक यूनिक कोड से प्रदर्शित करता है ठीक तो इसका फुल फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है वो नोट कर लेना ए से क्या होगा अमेरिकन यस से स्टैंडर्ड सी से कोड फ इंफॉर्मेशन और आई से देखिएगा यहाँ लिख देते हैं इंटरचेंज तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो क्या करता है एक विशेष कोड के माध्यम से कैरेक्टर सेट को डिफाइन करता है जैसे, जैसे चलो जानी लो जो आप कैपिटल ए लिखते हो वो असल में क्या होता है 65 होता है उसका क्या होगा? 65 होगा। इस अलग होता है एट्टी नाइन एट्टी टू ऐसे कुछ होता है नहीं बताने की मतलब है कि आपको हर करेक्टर को एक कोडिंग दी जाती है उस कोडिंग किस माध्यम दी जाती है स्काई कोडिंग के माध्यम से ठीक है इनिया बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत ही मतलब मतलब अच्छा ऑप्शन इनिया नहीं होगा क्योंकि नाक एक कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक आई इस फिर से ई e से इलेक्ट्रॉनिक ठीक है एन से न्यूमेरिक आई से इंटीग्रेटेड ए से ऑटोमेटिक सी से कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी खास बात यह है कि ये सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर है वर्ल्ड का पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताओ तो नीयाक सही होगा इन का फुल फॉर्म बता दिया वो नोट कर लेना नहीं नोट किया, तो पीछे कर लेना और फर्स्ट जनरेशन का जो पहला कंप्यूटर था वो था ठीक तो ये तीन चार चीजें नोट इनिया जो कि आ सकता आई बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कि क्या है एक कंपनी है जो सर्वप्रथम कंप्यूटर एडिशनल कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया ठीक है आईबीएम ने ही आईबीएम ने ही सबसे पहले इंडिया में कंप्यूटर लाया ठीक यानी उसी कंपनी ने कंप्यूटर सेट किया यहाँ पे तो इसमें जो आंसर होगा वो एसकाई कोड होगा ठीक अगला देखते हैं <coughs> इंटरनेट कनेक्शन के लिए डैश उपकरण की आवश्यकता होती है डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन पहला जो ज्वाइस्टिक तो बताई दिया दूसरा सी ड्राइव सी ड्राइव तो इंटरनेट की जरूरत हो नहीं अगर सी ड्राइव है तो थोड़ी ना इंटरचल कॉम्पैक्ट डिस्क सी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट और इसमें कितना डेटा आता है सात सौ से साढ़े सॉरी सात सौ से साढ़े सात सौ एम तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है और ये कैसी ड्राइव है ये ऑप्टिकल लिख लेना 7 750 टिक। माउस, माउस क्या है यह भी एक इनपुट डिवाइस है नेट कनेक्शन कोई, मतलब कोई नेट कनेक्शन कोई इसका मतलब नहीं और माउस क्या है एक इनपुट डिवाइस साथ ही साथ पॉइंटिंग डिवाइस ये नोट कर लेना माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस तो है ही है साथ ही साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी इसका यूज हम लोग पॉइंट करने के लिए या पॉइंटर को मूव कराने के लिए इसका यूज किया जाता है माउस दो प्रकार को तो है लॉग माउस और इलेक्ट्रिक माउस जिसको हम लोग ऑप्टिकल माउस भी बोलते हैं एनआईसी कार्ड एनआईसी क्या है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जैसे हम सब जानते हैं इंटरनेट इज अ कनेक्श इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ठीक इंटरनेट क्या है कई सारे नेटवर्क का समूह है तो यहाँ नेटवर्क का नाम आपको समझ में आएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ठीक बिना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही हार्डवेयर होता है जहाँ पे आप लोग क्या करते हो प्लग करते हो जो इंटरनेट की तार आती है मतलब कोई भी लिया हो इंटरनेट कनेक्शन जो आप कंप्यूटर में खोजते हो या प्लग करते हो वो कहाँ करते हो एन आई सी प्लग करते हो ठीक है जो इंथर कार्ड होता है वो एन कार्ड से ही जुड़ा होता है तो एन कार्ड के बिना आप इंटरनेट नहीं चला सकते या इंटर कनेक्शन की आवश्यकता होती है कि इसके थ्रू इंटर एनआईसी आई सी थ्रू एन का फुल फॉर्म लिखना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो आंसर इज़ एनआईसीडी ठीक अगला देखते हैं डैश को उच्च स्तरीय लैंग्वेज माना जाता है ठीक है इनमें से किसे हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है तो सबसे पहले बता दें लैंग्वेज तीन प्रकार की होती है सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज जिसको जीरो एंड वन बोलते हैं बाइंडी लैंग्वेज जो की कंप्यूटर केवल जानता है दूसरा असम्बली लेवल लैंग्वेज जो कि सिम्बल के फॉर्म में होता है तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन लैंग्वेज होती है चलो तो समझ गए 7 कोई लैंग्वेज नहीं ये क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10। लेटेस्ट में जो ओ है विंडोज का वो कौन सा है विंडो 10 है ठीक तो विंडो क्या है एक हमारा ओ है इसमें पूछा इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज किसे बोलते हैं किसे जाना जाता है दूसरा लाइनेक्स लाइनेक्स क्या है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन दोनों में अंतर क्या है लाइनेक्स जो है वो ओपन सोर्स है ये भी कई बार पूछा इनमें से कौन ओपन सोर्स सिस्टम है तो नोट कर लेना क्या है एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर बनता है अधिकतर सॉफ्टवेयर जो आपके होते हैं विंडोज के वो डॉट नेट पे ही बनते हैं ठीक जैसे सी सी प्लस प्लस एस आपने सुना होगा ये सारी लैंग्वेज कमजावा सुना होगा उसी तरह माइक्रो इसी तरह डॉट नेट जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है और ये भी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है किस टाइप की हाई लेवल हाई लेवल लैंग्वेज है और इनका यूज सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है तो आंसर इज अ माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट एप्पल क्या है एप्पल की कंपनी का नाम है ठीक जो कि आप लोग आईफोन और मैकबुक यूज करते हैं वो एप्पल कंपनी का है तो इसमें ये तो सही होगा नहीं तो आंसर इज अ माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट ये हाई लेवल लैंग्वेज है अगला इसको थोड़ा तो तो बड़ा कर देते हैं ये आपको दिख रहा होगा ठीक है बड़ा कर दिया हमने हाँ चलो इसमें आपसे पूछा है एक बिट संग्रहित करने की लागत न्यूनतम तो है मैंने मैं बताया था मैं समझ में आ गया कैसे में नहीं कैसे एमबी में होता है एक एमबी वाले एक हजार चौबीस के ठीक है तो ये तो हो ही नहीं सकता रजिस्टर में हाँ मैंने बताया रजिस्टर सबसे छोटी में हो रही होती है दो जी बी आठ जीबी का होता है एक सेकेंडरी मेमोरी है इसमें तो और ज्यादा डेटा आएगा ठीक है तो आंसर क्या होगा इसमें रजिस्टर में तो वन पॉइंट फोर का जो आंसर होगा बी रजिस्टर रजिस्टर स्मॉलेस्ट सबसे फास्टेस्ट और सबसे कम डेटा यानी वन बिट अगला अगला एक निबल में कितने बिट्स होते हैं तो ये मैंने बताया भी है मेमोरी वाले चैप्टर में और हमारे नोट्स में भी है सबसे छोटी जो इकाई होती है मेमोरी की कंप्यूटर मेमोरी की वो एक बिट होती है एक बिट में कितना क्या आता है जीरो और वन ठीक है बाइनरी नंबर का जीरो और वन की जो साइज होती है वो एक बिट होती है ठीक है फिर उसके बाद आता है बाइट एक बाइट बराबर एट बिट ठीक है एक बाइट बराबर नोट कर लेना एक बाइट एक बाइट में कितने बिट होता है एट बिट और एट बिट के बराबर क्या होता है एक करेक्टर होता है अगर पूछा जाए कि एक करेक्टर की साइज कितनी होती है तो एक बाइट बोल सकते हो एट बिट भी आठ बिट भी बोल सकते हो एक बाइट बोल सकते हो ठीक तो यहाँ निबल पूछा है एक निबल में कितने बिट होते हैं तो बाइट और बिट के बीच में होता है निबल एक निबल में चार बिट होता है यानी आधे करेक्टर बराबर एक निबल होता है तो आंसर इच वन निबल इज टू फोर बिट आंसर क्या होगा वनबल इजक्वल टू फोर बीट इंपोर्टें एक बीट बराबर क्या होता है जीरो और वन होता है ठीक है एक करेक्टर एक बाइट बराबर क्या होता है एक बाइट बराबर एट बीट एट बिट को क्या बोलते हैं वन करेक्टर बोलते हैं वन रेक्टर ठीक है तो ये हो गया बाकी जीमी के भी पता ही होगा नहीं पता होगा तो लेक्चर देख, और नो, और तो देख तो सोलह नहीं होता चार होता है आधे को एक बोलते हैं। <coughs> अगला कंप्यूटर की बुनियादी संरचना विकसित की गई थी ठीक थी? है द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाई सब लोग चार बगल लगा देंगे लेकिन गलत होगा ने कंप्यूटर बनाया था उसका डिजाइन ही तैयार किया था ठीक है आर्किटेक्चर मतलब उसका डिजाइन उसका उसके ब्लूप्रिंट ठीक है तो इसमें जो आंसर होगा वो पहला ही है जॉन वॉन न्यूमन इज अ फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर या जिन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को बनाया था उनका नाम था जॉन वॉन न्यूमन तो आंसर इज ए चार्ल्स बेबेज होंगे नहीं बेस प्लास, बिलेस पास्कल होंगे नहीं, गोल्डन मूरे होंगे नहीं तो आंसर इज जॉन वॉन न्यूमैन। चार्ल्स फादर ऑफ कंप्यूटर नॉट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर ठीक है जिन्होंने बेसिक आर्किटेक्चर तैयार किया उनका नाम जॉन वॉन न्यूमन था ठीक अगला है मशीन कोड में असम्बली लैंग्वेज में लिखा एक ट्रांसलेशन प्रोग्राम ले कौन सा है कंपाइलर असम्बलर फॉलोइंग्रांसलेट्वेज इन टू मशीन कोड पर सब आपको बता दें कि ट्रांसलेट जरूर पड़ती क्यों है क्योंकि कंप्यूटर केवल क्यों लिए जीवन वन जानता है मशीन लेवल भाषा जानता है और हम लोग क्या जानते हैं हाई लेवल जानते हैं तो दिक्कत आ रही थी इसलिए फिर क्या हुआ पहले मशीन मशीन कोड में काम करते थे कंप्यूटर में क्योंकि बहुत टफ था हर चीज़ को जीरो वन में कन्वर्ट करो फिर उसको दूर करने के लिए असेंबली लेवल लैंग्वेज इसमें क्या किया गया एक सिंबल बनाया गया उसके अंदर डेटा जैसे मान लो अब हमें प्लस लिख प्लस का कोई सॉफ्ट प्रोग्राम बनाना है तो आप जो प्लस में जितनी भी कोडिंग करोगे अगर मान लो ये ना होता है लेवल हाई लेवल, लेवल ना होता तो सब जीरो वन में लिखना पड़ता लेकिन असेंबली में क्या हुआ सब जीरो लिखा एक प्लस प्लस का एक सिम्बल बना दिया कि जैसे ही प्लस डालेंगे सारी चीजें आ जाएंगी यानी सिम्बल बना बना के ठीक हैच का मतलब ये का का मतलब जोड़ जाएगा, का मतलब घट जाएगा, जाएगा। घट तो उन्होंने क्या उसमेफाइन सिंबल, तो सिंबल थे उनका यूज करते थे सॉफ्टवेयर में बनाने के लिए तो कंप्यूटर जीवन जानता है हम लोग असेंबली भाषा में काम कर रहे हैं तो क्या होगा जैसा असेंबलर का यूज हम लोग क्या क्यों करते हैं कन्वर्ट करता, है? करता है तो इसका जो आंसर होगा वो वो होगा आपका एन असेंबलर यानी बी कंपाइलर क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है ठीक तीसरा है एनओ एस ऑपरेटिंग सिस्टम तो पता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो ट्रांसलेटर है नहीं वो पूरा सॉफ्ट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आंसर क्या होगा सॉरी तो वो yes, यस भी नहीं होगा एडिटर एडिटर में क्या करते हैं हम लोग कोड uh, को लिखते हैं या प्रोग्राम को लिखते हैं तो वो ट्रांसलेट करने का काम करता नहीं तो यह भी गलत होगा आंसर तो जो होगा आपका वो वो क्या होगा एसेंबलर एसेंबलर क्या करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है कंपाइलर क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो क्वेश्चन के अनुसार असेंबली को पूछा है तो आंसर क्या होगा एसेंबली असेंबलर अगला क्या है प्राइमरी की का मान द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नॉट बी क्या नहीं हो सकता पहला नल नहीं हो सकता ठीक है प्राइमरी की आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा लेक्चर में राहुल सर ने पढ़ाया होगा तो प्राइमरी की की सबसे खास बात हो जिस भी कॉलम में प्राइमरी की सेट कर देते हैं तो उस कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते और उसमें दो मतलब दो सेम डेटा इंसर्ट नहीं होगा जैसे मान लो जैसे मान लो मैंने यहाँ रख दिया आई और यहाँ रख दिया नेम तो अगर आपने यहाँ प्राइमरी की सेट कर दिया मान लो प्राइमरी की लग गई ठीक है तो इसको आप मान लो मैंने यहाँ कुछ आर नाम लिखा तो इसको आप जैसे इंटर मारोगे तो ये यह यहाँ पे नहीं मतलब नीचे नहीं आ पाओगे क्योंकि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते यहाँ आपको कुछ लिखना पड़ेगा ठीक है मान लो मैंने नंबर सेट किया तो वहाँ वन लिखना पड़ेगा इंटर मारेंगे टू आएगा तो फिर मैंने बी लिख दिया दूसरा नाम लिख दिया अब मैं चाहता हूं ये वन ही हो जाए तो ये नहीं हो सकता तो प्राइमरी की की खास बात है कि आप जिस भी कॉलम में सेट रहेगी उसको आप नल नहीं छोड़ सकतेफाई तो पहला वाला, पहला वाला कर, कर रहा है तो आंसर जो होगा वन पॉइंट सेवन का ए होगा कैन नॉट बी नल ठीक दूसरा कैन बी नल मैंने बताया नल नहीं छोड़ सकते तो गलती हो गया कैन भी डुप्लीकेट मैंने बताया दो वैल्यू एक कॉलम में दो बार नहीं आ सकती तो Can be duplicate ये भी गलत हो गया नन ऑफ दी तो गलती है तो आंसर जो होगा कैन नॉट बी नल प्राइमरी की जिस भी कॉलम में रहगा उसका आप खाली नहीं छोड़ सकते ना भी उसमें दो बार डेटा रिपीट कर सकते हैं ठीक तो आंसर ये हो गया ए बैकग्राउंड कलर ऑफ इफेक्ट अप्लाइड इन डॉक्यूमेंट नॉट विजिबल इन वेब नॉट विजिबल इन मतलब कि अगर बैकग्राउंड ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन बता दें एमएस वर्ड में अगर आप बैकग्राउंड का यूज करते हो ठीक है तो जैसे बैकग्राउंड यूज किया तो पीछे मान लो पीला किया है जो भी किया नीला पीला जो भी तो वो आपको दिखेगा इसमें पूछ रहा है किस व्यू में नहीं दिखेगा तो वेब लेआउट व्यू उसमें दिखेगा चेक कर लेना प्रिंट लेआउट भी उसमें प्रिंट लेआउट सब एक कॉमन व्यू है जिसपे सारे लोग काम करते हैं तो उसमें दिखाएगा दिखेगा रीडिंग व्यू उसमें दिखेगा दिखेगा प्रिंट रिव्यू कभी चेक कर लेना बैकग्राउंड लगाना एमएस वर्ड के किसी पेज पर और जैसे ही प्रिंट रिव्यू करोगे तो क्या होगा बैकग्राउंड गायब यानी बैकग्राउंड गायब हो जाएगा पीछे व्हाइट हो जाएगा तो प्रिंट फ्री बैकग्राउंड अगर आपने एमएस वर्ड के पेज पर कोई बैकग्राउंड सेट किया है और उसको जब प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो बैकग्राउंड का कलर वहां पे शो नहीं करेगा वही पूछना चाह रहा है तो इसका जो आंसर होगा वो प्रिंट फ्री व्यू होगा ठीक चलो और कल ये पूछ लगता है इनमें से कौन एमएस एस में काम करने के लिए कौन सा कॉमन व्यू है या किस लेआउट पर काम करते हो तो वो जो सबसे मेन लेआउट होता है जो सब लोग यूज करते हैं वो प्रिंट लेआउट भी होता है क्योंकि उसमें क्या होता है जैसा दिख रहा है वैसे ही निकलता है यानी सारे सारे फंक्शंस जितने भी टूल्स ठीक है यानी ये व्यू हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका मकसद ये हमें उसके प्रिंट निकालना है क्योंकि नामी है प्रिंट लेआउट व्यू ठीक चलो अगला ठीक तो यहाँ हम लोग का दस प्रश्न आई थिंक समाप्त हो गया है हम लोग जो अगले वाले में जब आएंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि अः जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं वो लेके कर ठीक है तो अगला जो हमारा वीडियो होगा या रिलीज होगा उसमें हम मैं जो इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है वो मैं लेके आप लेकिन ले, ले आऊँगा और वैसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कई बार आए हुए हैं पिछले 10 पिछले 6 साल 7 साल 8 साल भी कई बार रिपीटेड हैं वो क्वेश्चन लेके आएंगे और उससे बनने वाले क्वेश्चन उसी में साथ में देखते चलेंगे थे ठीक है तब तक ले थैंक यू सो मच और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अधिक अधिक शेयर की सब्सक्राइब किए लाइक कीजिए ताकि हम लोग को और मोटिवेशन मिल सके ताकि हम लोग और वीडियो आपको लेके बनाएँ ठीक थैंक यू सो मच